वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से हम ऐतवार न करते तो क्या करते मैं संजीव हंस आज आपके समक्ष महाभारत काल से शकुनी की कहानी लिखा दोस्तों हिंदी कहानी पढ़ने में आनंद तो बहुत आता है और अगर इनके माध्यम से धर्म का ज्ञान भी मिल रहा हो तो सोने पर सुखा कर महाभारत के सभी किरदार का एक अपना ही इतिहास है सभी किरदारों के सभी कार्यों के पीछे कुछ ना कुछ कारण थे यहां पर हम इस समय इस कहानी के माध्यम से शकुनी मामा के समस्त कार्य के पीछे उनकी मंशा क्या थी वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि विरोधी था आश्चर्य लगा होगा मुझे भी लगा जब मैंने ये कथा पढ़ी चलो शुरू करते हैं महाभारत में सबसे पहला बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि क्या शकुनी का नहीं बल्कि उनका विरोधी था शकुनी गंधार के राजा, के पुत्र और गंधारी के भाई थे रिश्ते में दुर्योधन के मामा थे महाभारत युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह भी शकुनी ही थे शकुनी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे वे गहरी सोच रखने वाले और दूरदृष्टि दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे महाभारत युद्ध के दौरान और उसके पहले भी शकुनी कोरवों का बहुत साथ देते थे वे उनके बड़े हितेशी और सलाहकार होने का दिखावा करते थे परंतु शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं विरोधी था दरअसल शकुनी धृतराष्ट्र और उसके वंश का अंत चाहते थे वे चाहते थे का अंत हो जाए इसलिए शकुनी ने पांडवों से कौरवों का युद्ध करवाया। शकुनी की धरित राष्ट्र और कौरवों से दुश्मनी की दो बड़ी वजह थी पहली उनकी बहन गंधारी का विवाह एक अंधे आदमी धृतराष्ट्र से होना था हुआ क्या था इसके बारे में जानता हस्तिनापुर के राजा ने गंधार के राजा को हराया था जिस वजह से गंधारी को तृत राष्ट्र से विवाह करना पड़ा था पति के अंधे होने के कारण गंधारी भी दुनिया नहीं देखना चाहती थी और उन्होंने एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी और प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी नहीं देखेंगे शकुनी अपनी प्यारी बहन की कुर्बानी से क्रोतित थे मगर वे उस टाइम कुछ कर भी नहीं पा सकते थे। तब तब उन्होंने ले ली कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे, और तब से शकुनी कौरवों के शत्रु बन गए अब आते हैं शकुनी की दूसरी वजह क्या थी शकुनी की दुश्मनी की दूसरी वजह थी उनके पिता का अपमान दरअसल गंधारी के विवाह के पहले उनके पिता सुबाला को किसी पंडित ने बोल दिया था कि गंधारी शादी के बाद पहले पति की मृत्यु हो जाएगी इस बात से चिंतित होकर राजा सुबाला ने उनकी शादी एक बकरे से करवाई उसके बाद उस बकरे को मार दिया गया उस तरीके से गंधारी एक विधवा थी यह बात सिर्फ सुबाला और उनके करीबी ही जानते थे इस बात को किसी को ना बताने की हिदायत सभी को दी गई थी इस घटना के कुछ समय बाद गंधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृत से हुई धृतराष्ट्र और पांडव इस बात से अज्ञान थे कि गंधारी एक बकरे की विधवा है कुछ समय पश्चात यह बात जब सामने आई और पांडव को इस बात से बड़ी ठेस पहुंची और उन्हें लगा राजा राज ने उन्हें धोखा दिया है अपमान किया है और अपमान का बदला लेने के लिए धित ने राजा सुपाला और उनके सो पुत्रों को जेल में बंद कर दिया धित उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे उन्हें मारा जाता पीटा जाता धृतराष्ट्र राजा सुबाला से अपने रिश्ते का भी कोई मान नहीं रखते थे राजा और उनके परिवार को सिर्फ रोज एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था जिससे वह मिल बांट कर खा लेते दिन बीतते गए और राजा सुबाला के पुत्रों में से एक एक की मौत भूख के कारण होती गई तब राजा सुबाला सोचने लगे कि इस तरह वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे राष्ट्र के प्रति गहरा गुस्सा के चलते सुबाला ने निर्णय लिया कि वे सब अपने हिस्से के भोजन का परित्याग करेंगे और किसी एक को देंगे जिससे उनमें से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी का अपमान और कष्ट का बदला ले शकुनी उन सभी भाइयों में सबसे छोटा था इसलिए सुबाला ने निर्णय लिया कि हम सभी शकुनी को अपना भोजन देंगे शकुनी अपने पिता के इस निर्णय में कुछ नहीं अपने पिता और भाइयों का इस तरह तड़पना नहीं देखा जाता था लेकिन अपने पिता की आज्ञा के चलते उन्हें यह बात माननी पड़ी इसी कारण शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि विरोधी था समय बीतता गया और राजा सुबाला भी कमजोर होते गए इस दौरान उन्होंने दृित से आग्रह किया उन्होंने उनसे माफी मांगी और अपने एक पुत्र शकुनी को माफ कर जेल से बाहर निकलने को कहा यह भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्रों की सहायता करता रहेगा और उनका हितेशी रहेगा धृत ने अपने ससुर की इस इच्छा को मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए राजा सुबाला ने इस बात के साथ ही अंतिम सांस ली जिसके कारण कारणों का शत्रु शकुनी बन गया था मगर मरने से पहले सुबाला ने अपने पुत्र शकुनी से कहा उसकी रीढ़ की हड्डी से ऐसे पासे बनाना जो आपकी इच्छा के अनुसार अंक दिखाए इन्हीं पांसों का उपयोग उस खेल में हुआ था जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ जिसमें युधिष्टर अपने चार भाई और पत्नी द्रोपदी को हार जाते हैं और द्रौपदी का चिरहरण होता है यही महाभारत का मुख्य कारण था राजा सुबाला चाहते थे पांसे धृतराष्ट्र उसके वंश का अंत का कारण बने और ऐसा ही हुआ शकुनी ने इन्हीं पांचों द्वारा महाभारत युद्ध करवाया राजा सुबाला ने शकुनी का एक पैर भी मूर्चित कर दिया था ताकि उसे अपने पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान लेना कभी ना भूले उन्नी अपने पिता के वचनानुसार सौ कौरवों के शुभचिंतक चिंतक बन के रहे परंतु असलियत में शकुनी कौरवों का हितेशी नहीं बल्कि उनका विरोधी था शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में लिया कि वे सबसे बड़ा हितेशी है साथ ही शकुनी उनके मन में हमेशा से गलत बात डालते रहे और गलत सीख देते रहे शकुनी जानते थे कौरव पांडव को पसंद नहीं करते जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया इसी बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने में किया कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की सबसे बड़ी जिम्मेदार शकुनी ही थे उन्होंने दुर्योधन को पांडुओं के खिलाफ भड़काया और गलत बात का बीज उनके मन में बोते गए शकुनी भी महाभारत युद्ध का हिस्सा थे की मृत्यु कुंती पुत्र सहदेव के हाथों हुई छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालें कि ऐसी छुपे रहस्य आप और भी जानना चाहते हैं या नहीं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर आपका दिन मंगलमय हो